किसी इंसान की सबसे बड़ी खासियत उसका टैलेंट नहीं वह खुद होता है क्योंकि तो टैलेंट भी उसी से निकलता है जो आपके सपनों पर लात मारे उनके पैरों में भी दर्द होता होगा इसलिए जब भी सफल हो उन्हें मरम लगाने ज़रूर जाना इस संसार में अनेक लोग योग्यताओं का पिटारा लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वह मेहनत और प्रयास के पीछे नहीं केवल धन के पीछे भाग रहे होते हैं वृक्ष कभी इस बात पर परेशान नहीं होते कि उनके कितने फूल गिर गए उन्होंने कितने फूल गिरा दिए वह हमेशा नए फूलों को सर्जन में लगे रहते हैं आप भी जीवन में वृक्ष से बहुत गहरी बात सीख सकते हैं कि चाहे आपने कितना खो दिया हो इस पीड़ा को भूलकर आप नया क्या कर सकते हैं इस बात पर ध्यान दे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ क्योंकि तुम नीचे गिरकर देखोगे कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने और तुम जरा उडकर देखोगे तो सब आएंगे तुम्हें गिराने बस इतना याद रखो कि क्राई करने से नहीं ट्राई करने से सफलता मिलेगी और ज़िंदगी तो एक बार ही मिली है कुछ बनकर दिखाओ आज अगर वक्त ख़राब है तो क्या एक दिन इसे बदल कर दिखाओ अगर आप अकेले पड़ गए हो तो कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो मेहनत करने वालों से ही गलतियों की संभावना रहती है वरना कायरों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियों में निकल जाती है जिंदगी की परेशानियों से भागिए मत क्योंकि जिंदगी में परेशानियां नहीं होंगी तो खुशी की कीमत पता नहीं चलेगी याद रखिए बुरा वक्त है लेकिन यह बुरे लोगों से काफी बेहतर है यह कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाएगा याद रखिए लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं यह है ज़िंदगी साइकिल जैसी है मेरे दोस्त चलते रहने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए बैलेंस बनाइए अपनी कमियों का पता कीजिए क्योंकि यही आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता देती है दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका चीन समय देने के लिए धन्यवाद